हेलो फ्रेंड्स तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धानु की धनजाइम गोल्ड टॉनिक के बारे में और साथ ही जानेंगे कि क्या है इस टॉनिक का डोज प्राइस और मात्रा के बारे में पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा एक और चैनल है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप हो सके तो हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए इससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है तो स्वागत है दोस्तों आपका एक और डिटेल वीडियो में तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं तो पहले जान लेते हैं कि इस टॉनिक में क्या है तो इस टॉनिक में है जिब्रेलिक एसिड एन्जाइम्स हारमोन्स विटामस और माइक्रोन्यूट्रेंट्स तो अब देखते हैं कि यह टॉनिक क्या कर सकता है तो इस टॉनिक का यूज़ हमें उस फसल पर करना चाहिए जिसकी बढ़वार ठीक से नहीं हो रही हो या फिर पौधा तनाव में हो इस टॉनिक के यूज़ से फसल की हाइट बढ़ती है धान में अच्छे से कल्ले फूटते हैं धान के बीज वज़नी और चमकदार होते हैं सब्जियों में इसके यूज़ से सब्जियों में अच्छी शाइन आती है जिससे उन सब्जियों को बाजार में अच्छा भाव मिलता है उपयोग तो इस टॉनिक का यूज़ आप सभी प्रकार की फसलों पर कर सकते हैं जैसे धान वर्गीय सब्जी वर्गीय फूल वर्गीय फल वर्गीय तेल वर्गीय और दाल वर्गीय डोज तो अगर बात करें धनजैम गोल्ड के डोज़ की तो आपको एक लीटर पानी में दो से तीन एमएल एल धनजाम गोल्ड को मिलाना है ताकि इस टॉनिक से अच्छे परिणाम आपको मिल सके प्राइस तो धनजैम गोल्ड की एक लीटर की बॉटल आती है सात से आठ के बीच ये कीमत हर जगह पर अलग अलग है सावधानी जब भी आप धनजाइम गोल्ड का स्प्रे करें टंकी में दूसरा कोई भी हार्मोन नहीं डालें क्योंकि इस टॉनिक में पहले से ही कुछ हार्मोन्स डले हुए हैं तो अगर आपके मार्केट में टॉनिक मिलता हो तो आप एक बार इस टॉनिक का यूज़ ज़रूर करिए इससे आपको बहुत ही अच्छे परिणाम ज़रूर मिलेंगे तो बस यही था आज के वीडियो में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट्स के लिए हमारे दोनों चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए टिल देन बाय एंड बी से